बलमा मिल लमरों गवाल इहो न जाने प्रेम के हाल टूट गई लमर करमवारके बोला ले नैहर वे भौजी हमके बोला ले नैहर बे भौजी हमके बोला ले बलमा मिललवार हम जाने जान हो प्रेम के हाल फुट गई हमारो करमवार हमके बोला नई हरवारे बऊजी हमके बोला नई हरवारे बऊजी सोचलें रानी पिया मिल लेना वही सन सोचल रानी पिया मिल लेना यही सन बात करे अनारी के सन बात करे ले अनारी के सन हँस के पिया कभी भी न हमसे हँस के पिया कभी भी ना हमसे भाल घर छोड़े भागल घर छोड़े बहरबार भौजी हमके भोलाे नैहरबा रे भौजी हमके भोला ले नैहरबारे भौजी बलमा मिलल हम रो ग इो न जाने के हाल फुट गई हमारमवार भजी हमके बोला नैहरवार भौजी हमके हम नई नैहरवार शासन नदिया मारे रोज तान साचन नदिया मरे रोज ताना गोतनी गी करके बहाना गोतनी गावेली कई के बहा देवर आयो शुकवार नजरी गा दे भिन्न कर इशारा रे भी हमके बोला नैहर हम बार भौजी हमके बोला नैहर बार बलमा मिलल बार हम जाने नहीं हो प्रेम के हाल फुट गई ल हमारो करमवारी हमके बोला ले हरवारे बारे हमके बोला ले हरवारे बारे हमके बोला ले हर रे बऊजी